लाइफ में बहुत सारा टेंशन आएगा, लेकिन कभी शिकायत मत करना। ऊपर वाला एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। मन का मंथन जरूर